उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की जेसीबी अपराधियों का घर जमीन दोस्त करने के काम आती है वही एमपी के शिवराज की जेसीबी भी एम्बुलेंस न मिलने पर घायलों को अस्पताल पहुंचाने के काम आती है जी हां, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी लचर हैं कि बार बार फोन लगाने पर भी एम्बुलेंस घायल को लेने नहीं आती मामला कटनी का है यहाँ दो बाइकों में भिड़ंत हो गयी जिससे एक युवक पूरी तरह से घायल हो गया आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई सभी ने बार बार एम्बुलेंस बुलाने के लिए एक सौ पर फोन लगाया मगर एम्बुलेंस घंटों तक नहीं पहुंची घायल युवक की हालत खराब होती देख एक जेसीबी चालक ने मानवता का परिचय दिया और घायल को जेसीबी में रखकर अस्पताल पहुंचाया जहां घायल युवक का उपचार जारी है युवक शिव बर्मन गैरतलाई निवासी बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जिस जेसीबी का इस्तेमाल कर अपराधियों के घरों को जमीन दोस्त करते हैं मध्य प्रदेश में उसी जेसीबी का इस्तेमाल घायलों को अस्पताल में ले जाने के लिए हो रहा है मजबूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह गर्त में जा चुकी हैं। घायल को जेसीबी में अस्पताल ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है